मैं आपको बाकी सारे रूम दिखा देती हूँ बहुत डर लगता है सर अंधेरे से बहुत डर लगता है सर